नमस्कार मैं डॉक्टर सुनील सिंघल अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज दिल्ली ब्रांच आज मैंने फेसबुक पे बाबा रामदेव का एक वीडियो देखा जिसमें बाबा ने एक एलिगेशन लगाया एलोपैथिक डॉक्टर्स पे कि एलोपैथिक इलाज की वजह से मरीजों की जान जाती है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एलोपैथी के डॉक्टर दिन रात चौबीस घंटे काम करके लोगों की मरीजों की सेवा में लगे हैं और हमने लाखों लोगों की जान बचाई है हम भगवान नहीं हैं बीमारी बे इतनी भयावह है आप सब जानते हैं कि कितने लोगों की इसमें जान जा रही है और हम कोशिश करते भी लोगों की जान नहीं बचा पा रहे इवन जो डॉक्टर हैं इलाज करते करते हजारों डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी है हम उन डॉक्टर की जान भी नहीं जावा पा, बचा पाए ऐसी स्थिति में ये ऐसा बयान देना बहुत ही निंदनीय है और हम चार लाख डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस बाबा के बयान की भर निंदा कहते हैं और बाबा से अपील करते हैं इस बयान को वापस लें मैं बाबा से कहता हूँ कि अगर बाबा में हिम्मत है तो आएँ हमारे साथ चौबीस घंटे देखें कि हमारी वर्किंग प्रणाली कैसी है हम किस तरह से काम करते हैं जब हमारी रूह काँप होती है काँपते हुए जब मरीज़ का इलाज करते हैं मरीज़ की सांस डायरेक्ट हमारे फेस पे आ रही होती है हम सोचते हैं कि कल शायद हमें भी कोविड हो जाए हमारी जान रहना नहीं फिर भी हम मरीज़ की इलाज करने में पीछे नहीं हटते ऐसी स्थिति में ऐसा बयान देना बहुत निंदनीय है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ